आज का जो टॉपिक है कि प्यारे आके आकालमलात वसलाम और तलावत कुरान पाक तो बहुत ऐसे प्यारा एहसास बहुत शौक़ बहुत जज्बे का बढ़ना अंदर उतर तय कि हम भी कुरान पाक की ऐसे तलावत करें हम भी कुरने पाक को सोच से पढ़ें हम भी कुरान पाक पढ़ते हुए हम पर भी दिक्कत आ रही हो हम भी ये महसूस करें कि हमारा अल्लाह हमसे बातें कर रहे तो कितना मज़ा आए कि अगर हमें भी ये अहसास अदा हो जाए और जैसे प्यारे अकादम तो जब कुरान पाक की तलावत करते होंगे तो क्या ही वो समा होता होगा जैसे बताया गया है कि जो है अल्लाह ताला किसी शे को इतनी तवज्जो नमाक से नहीं सुनते जितने नबी करीम सल्लल्लाहु सल वसल्लम की तिलावत को सुनते हैं तो माशाल्लाह बेशक ऐसे ही होगा कि वो जिन पर ये कुरान उतारा गया तो फिर वो जब अपनी जुबानें मुबारक से उसकी तिलावत करते होंगे क्या शौक़ होता होगा क्या समझ होती होगी क्या उस वक्त की कैफियत होती होगी और वो सुनने वाले कैसे होते होंगे तो हम तो ज़ाहिर है उस दौर में नहीं हैं लेकिन हम आप कम से कम ख़ुद कुरान पाक को मोहब्बत से पढ़ के आपकी पैरवी में कि आप भी ऐसे कुरने पाक को जो है वो बुलंद आवाज़ से पढ़ते थे आप ऐसे शौक़ से तलावत करते थे इशक की नमाज़ में सूरत बदीन की तलावत करते थे तो हम भी इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों में छोटे छोटे मामूलत में कि अगर इस तरह से कुरने पाक पढ़ना और कुरने पाक को शौक़ से पढ़ना मोहब्बत से पढ़ना इसको शुरू कर दें तो कितना ही मज़ा आने लग जाएगा अभी जैसे रबी अलावल के ये थोड़े से दिन रह गए हैं और कुरने पाक अभी सबने जमा करवाने हैं मुकम्मल जिन्होंने पढ़े या सुपारे पढ़े तो जो अभी शामिल नहीं हुए या जिनके भी कुरने पाक मुकम्मल ख़त्म नहीं हो रहा या इसी मोहब्बत इसी पैरवी में हम सब जो है वो कुरने पाक का एक एक सुपारा लेने लग जाते हैं और उसको शौक़ से पढ़ने लग जाएँ और वो पढ़ फिर हम यहाँ पर बताते जाएँ कि उस पहले भी पढ़ रहे थे कुरान पाक आपको तोहफ़ा तन पेश करने के लिए लेकिन अब हम इस एहसास में कि आज हम आपकी पैरवी में कुरान पाक का एक एक सपारा सब पढ़ लें हम पैरवी में एक एक सुपारा लेते जाएं और पढ़ते जाएं, और इस शौक़ में और जब वो पढ़ भी रहे हो तो दिल में ऐसे तस्वुर बंधा हुआ हो ऐसे एहसास दिल में डूबा हो कि वो क्या लम्हे होंगे कि जब प्यारे आके दोलासलम के ला मुबारक से ये कलाम बारी ताला जारी होता हु� होगा क्या ही वो समा होगा कितनी आपकी मोहब्बत होगी अपनी पर उतरने वाली इस किताब इस कलाम से तो उस नस्बत में और उस पैरवी में आप कुरान पाक को मोहब्बत से पढ़ेंगे